कैसे आपसे उम्मीद आप आपसे बहुत अच्छे होंगे आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन फॉर रेडमी का ठीक है दोस्तों जो कि अभी फ़िलहाल में ऑफ़र चल रहा है ऑफ़र चल रहा है इसके चलते है। आपको मैं बता रहा हूं छः हज़ार से लेकर बारह हज़ार के बीच में जो अभी फ़ोन है मैं तीन फ़ोन को रखा हूँ रेडमी के फ़ोन को उसी के बारे में बात करने वाला तो मैं दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ सबसे कम रेंज में ठीक है सबसे कम रेंज में अभी जो बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों उसके उसका मैं पहले नाम बताता हूं आपको रेडमी 9i आई ठीक है दोस्तों रेडमी 9i आई इसका प्राइस है सात हज़ार अगर आप इसको ऑफर में लेते हैं अभी फ़िलहाल में लेते हैं नवरात्रि नवराजिक ऑफर चल रहा है उसमें आप लेते हैं तो इसको आपको प्राइस पड़ जाएगा छः ठीक है इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलेगा उसके बारे में मैं आपको बात कर ले रहा हूँ ठीक है आपको इसमें 6.53 इंच का डिस्प्ले मिलेगा ठीक है आई डिस्प्ले रहेगा इसमें ट्रिपल स्लॉट रहेगा यार दो सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं ठीक है 5000 हज़ार का एनहेंस बैटरी मिलेगा दोस्तों ठीक है इसमें 13 मेगापिक्सल का ए कैमरा रहेगा और फ्रंट में 5 मेगा का कैमरा रहेगा इसमें दो वेरियंट आएगा चार आएगा और चार आएगा ठीक है दोस्तों इसमें एम आई वाई ट्वेल्व पर काम करेगा इसमें रहेगा ही इंस्टॉल और एंड्रॉयड 10 पे काम करेगा इसमें जो प्रोसेसर लगा है वह मीडिया टेक ही ठीक है दोस्तों जो सेकेंड नंबर पे है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं वह है Redmi 10 Prime 2022 का ठीक है दोस्तों Redmi 10 Prime जो है वह 2022 का इसका प्राइस जो है वह नौ है लेकिन अभी आप ऑफर में लेते हैं तो 8000 आपको 8999 हज़ार नौ पड़ेगा ठीक है इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेगा चार जी रैम और चौसठ चार चोसर और 6 छः एक इसमें दो वेरिएंट रहेगा और इसमें आप दो जी का रैम भी बढ़ा सकते हैं देखा है दोस्तों इसके जो आप कैमरा की बात करते हैं तो कैमरा आपको इसमें फोर कैमरा मिलेगा पीछे में ठीक है बैक साइड में फोर कैमरा मिलेगा एक रहेगा पचास मेगा का प्राइमरी कैमरा रहेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ और प्लस 2x जूम के साथ रहेगा ठीक है दोस्तों और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रहेगा ठीक है और आईपी इसमें डिस्प्ले की बात कर लेते हैं इसमें तो आई डिस्प्ले रहेगा 6.5 इंच का डिस्प्ले रहेगा नाइन्टी आट रिफ्रेश रहेगा रिफ्रेश रहेगा रहे और मीडिया जी एट्टी हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी 2.0 पे या बना हुआ है ठीक है इसमें 6000 हज़ार का बैटरी रहेगा इसमें 9 वाट का रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों रिवर्स चार्जिंग भी 9 वाट से कर सकते हैं ठीक है इसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा चार्जिंग करने के लिए अरे देखिए एम आई यू आई ट्वेल्व पॉइंट फाइव पे ठीक है दोस्तों अब मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर के मोबाइल फोन के बारे में वह है रेडमी एलेवन प्राइम फाइव जी इसका ऑफिशियली प्राइस है दोस्तों तेरे नंबर पर जो फोन है उसके बारे में बार बार कर बात करने वाला हूँ है फाइव जी इसका ऑफिशियली प्राइस ट्वेल्व ट्रिपल नाइन है तो इसको जो ऑफर पर आप अभी लेते हैं तो ग्यारह हज़ार सात सौ उनचास रुपये में पड़ेगा अब इसका इस्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं फाइव पॉइंट इंच इसका डिस्प्ले रहेगा नाइन्टी हर्ट फुल एच डिस्प्ले रहेगा इसके साथ कॉर्निंग गोलि कार्डनिंग गोरिला गलास का प्रोटेक्शन रहेगा स्क्रीन पर ठीक है दोस्तों इसमें आपको कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, का एल डुअल कैमरा 2 मेगापिक्सल का, का डेप्थ कैमरा और फ्रंट में रहेगा वो एट मेगा का, का फ्रंट कैमरा 5000 हजार का बैटरी रहेगा 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करेगा ठीक है दोस्तों एच आपको बॉक्स के साथ आपको मिलेगा 22.5 वाट का इनबॉक्स चार्जर मिलेगा जो वह होगा वह यूएसबी टाइप सी रहेगा ठीक है इसमें आप दो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं ठीक है दोस्तों अब तक का यही जो ऑफर चल रहा है दशहरे का इसमें यही ऑफर चल रहा है रेडमी का फ़ोन के बारे में और भी आपको नया वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को